ट्रेडिंग के सभी लग को प्लेटफॉर्म कोई स्टेटी बता दो कोई ट्रीक बता दो आप जो है टॉप ट्रेडर्स हो बिनोमो के तो आज की वीडियो आप कम्प्लीट देख लेना पहले तो हम लॉस की बात करेंगे फिर जो है हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो गाइज मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगा ट्रेडिंग आप लोगों को जितनी इजी दिखती है ना एक्चुअली उतनी इजी होती नहीं है इसकी जो है बहुत कुछ जो है आप लोगों को जानकारी लेनी जरूरी होती है जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे और नॉलेज होने के बाद गाइज आपके लिए ये इतनी इजी हो जाएगी इतनी इजी हो जाएगी आप कहीं पे भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो चाहे आप गाड़ी में बैठे हुए हो या घर में बैठे हुए हो चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हो या फिर जो है अपने स्मार्टफोन से कर रहे हो आप लोगों को पता है कंटिन्यू में टॉप ट्रेडर्स के टॉप ट्वेंटी में जो है रैंक कर रहा हूँ आप लोगों को आज भी दिखाना चाहूंगा मैं टॉप ट्रेडर्स पे यहाँ पे जो है हम टॉप ट्रेडर्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप थ्री में जो है रैंक कर रहा हूँ कल भी जो है मैं टॉप थ्री में था जब मैंने वीडियो बनाई थी और कल जो है तीस हज़ार डॉलर के करीब का समथिंग जो है प्रॉफिट था और आज अगर आप देखेंगे अट्ठाईस हज़ार डॉलर के करीब का जो है प्रॉफिट है साढ़े अट्ठाईस हज़ार का और आप यहां पे अमाउंट भी देख सकते हो इसमें भी मेरे इस वाले अकाउंट में भी इकहत्तर लाख रुपए के करीब जो है मेरा प्रॉफिट हो गया है अब आपको शायद विश्वास आए या ना आए तो आप खुद से जो है अपना बिनोमो ओपन करिए और वहां पे जाके टॉप ट्रेडर्स देखिए जिस दिन जो है मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं हो सकता हूँ यहाँ पे एक दो डाउन नीचे चला जाऊँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ क्यों क्योंकि मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है अपना अमाउंट और मैं नहीं चाहता कि मेरा अमाउंट यहाँ पर घटे या फिर जो है मेरा अमाउंट बढ़े हो सकता है रैंक आपको शाम तक जो है चौथे में मिल जाए या पाँच बजे मिल जाए या फिर जो है ऊपर मिल जाए ठीक है लेकिन अमाउंट एक फोर शान के नाम से डॉलर पॉइंट आपको दिखेगा ठीक है ये आप खुद से जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब रही बात की कि इस पे प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है तो मैं आप लोगों को यहां चीज बताना चाहूंगा अगर आपको नॉलेज तो आप अनबिलीवेबल जो है प्रॉफिट कर सकते हो 99% लोगों को जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं उनको नहीं पता होता है कहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है और कहाँ पे नहीं की जाती है अब मैं उन लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा गाइज किसी के चक्कर में मत पड़े सबसे पहले तो आप एक काम करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विनोमो का क्यूटेक्स का लिंक है अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लीजिए क्योंकि इन लिंक के थ्रू ही बेनिफिट जो है मेरे मिलने वाले है ना मैं गाइज आपसे दस ले रहा हूँ न मैं आपसे बीस हजार न मैं जो है आपसे पचास हजार और न ही पांच सौ कुछ भी अमाउंट नहीं ले रहा हूं बिल्कुल फ्री में गाइड हमने आप लोगों के लिए रखा है ट्रेडिंग सिखाने के लिए फ्री कोर्स फ्री सिग्नल फ्री एडवाइस ठीक है आपको करना क्या होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पे लिंक है उसके थ्रू आप अकाउंट बना सकते हो बिनोमो का भी क्यू टेक्स का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऑन नोटिफिकेशन बेल को ओपन करें